इतनी कमियां है मुझमें तो छोड़ क्यों नहीं देते कमियां तो हम दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम हमेशा रिश्ता तोड़ने की बात करती हो और मैं तोड़ने की